तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम लेने वाले हैं इंडियन मीडिया की तो आज हम बात करेंगे इंडियन न्यूज के बारे में जो न्यूज कम और बकचोदी ज्यादा करता है हर चैनल खोला और बकचोदी शुरू तो चलिए देखते हैं कुछ अजूबे है जो न्यूज चैनल पे रोज आकर बकचोदी करते हैं सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लाते पत्रकारिता पर मैं दीपक चौरसिया चैलेंज करता हूँ भर गए पत्रकार कितना भी बोलो, इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता चलिए देखते हैं अलग ही कर रहे हैं। साहब, साहब दिखा माना गया दुनिया में बहुत से एक्टर है मगर ये बंदे की एक्टिंग देख कर कोई नहीं कहेगा की न्यूज रिपोर्टर है कुछ भी तुम्हें क्या लगता है ये लोग सोशल मुद्दे पर बहस कर रहे हैं चल के ये लोग पूरे आपस में ही लड़ लेते रहते इसको तो आप जानते ही होंगे ये डिबेट कम करता है और चिल्लाता बहुत है जब इसकी बात नहीं सुनी तो और चिल्लाते रहता वो खाली इन्हें आप लोग जाइए ना इन्हें तो आप जानते ही होंगे ये बाबा रामदेव सुबह होते की इनके साथ एक कन्फू कर लेते रहता है मैं देख रहा हूँ मैं इधर बैठ रहा हूँ ट <laughs> अरे हल्लू कर मिया स्वामी अच्छा। <laughs> जी क्या ये? अजी लंड मेरा <laughs> मैं करूँगा तो इसको दबाओ। दबा में ताकत तो है ताकत तो अच्छी है भाई after the shot do you want me to keep shouting for a week if required i'll shout for a week viewers how, no, no, no. how is this attempt please to murder me My, no, no, Arna, please let me finish i'll no no how is this attempt to murder no no answer the question what is the question let here let me finish what is the question Arna, i will answer the question Arna, if you but you're not answering the question finish. what please let me you finish please you please tell you me the logic of to attempt to round. murder no tell me how Arna, is it attempt to murder No, I can if you will stop speaking for thirty seconds. No, no one second. To. Please answer the question. Yes, I will answer the question. So tell me, can how is this attempt talking? to murder? Anup, please let me finish. No, no, Anup, let me speak. Oh, ma'am, please Let's don't I continue I mean, the I mean, lynch I mob. Mean, tell me, Anup, would you find I'm attempt so so to murder? Talking. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. As you know, I, I am mean, the only it. bi unbiased. a neutral it. anchor in the country today <laughs> <laughs> you love yourself you admit it you know we are the most fair and balanced channel nikal laude <laughs> pehli fursat mein nikal in the globe this is the best it can get inko 500 rupees mein kharid sakta hai koi inki koi wafadari nahi hai तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या वाह वाह वाह वाह। मोदी जी इससे ज्यादा खराब और मैंने आज तक पढ़ने लिखने वाले को दूर रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएस बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं तुम्हारी काट तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप सपोर्टिंग गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल